दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी में और बहुत टाइम हो गया वीडियो आई नहीं है आप लोग सोच रहे थे वीडियो वीडियो बनाई नहीं तो लास्ट वीडियो जो बनाई थी वहाँ हमारे महेंद्र भाई के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद महेंद्र भाई डर गए तो उसके बाद महेंद्र भाई आ नहीं रहे थे और आज कैमरे में है मेरा दोस्त है इमरान उसको लेके आए हैं और आज की लोकेशन है वो भाई ने लोकेशन मेरे साथ बहुत सारी आई है लेकिन कैमरामैन की वजह से नहीं आ पाया था मैं और मेरे साथ भी जो थोड़ी बहुत हरकतें हुई है लास्ट वीडियो में उस हिसाब से लेट हो गई वीडियो इतनी वो तो आज की लोकेशन है कि यहाँ पास हाईवे है अच्छे दिखा चंद्राधन हाईवे दूर नहीं है लोकेशन एकदम हाईवे के पास ही है और एक रोड है और सामने गांव है गाँव के बीच में जंगल सा घोड़े है वहाँ पर कुछ लोग पे जुआ खेलते थे जुआ खेलने के बाद जंगली जानवरों में हमला करने से दो जने की डेट हो गई है आज भी लोगों को वो यहाँ से आते जाते दिखता है देखते हम आज मैं और इनमें भाई आए आगे चलते हैं हमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता है अगर दिखा तो बता देंगे नहीं दिखा तो देखते थोड़ा टाइम पहले दिखाते तो गूगल टाइम आपको फिर चलते आगे महसूस हो आ रहा है और जो लास्ट बार हमारे जो हाथ गूगल टाइम इंडिया दो कर दो मैंने जाओ नॉप ठीक है बजे आगे वाला वो दिखा देते वो भाई ने तो बताया है ना उसी हिसाब से वो बताया ये जगह आगे यहाँ पे जगह दिखा देना, देना। यहां पे लोग बताते हैं तो आज भी लोगों यह को यहाँ से गाड़ी लेके जो तो निकलते हैं उनको यहाँ पे दिखते हैं कि वो जुड़े वो खेलते हुए दिखते है अपने को कुछ महसूस हुआ नहीं हुआ देखते अभी हम लोग अच्छा तो जो तो तो बता रहे थे उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा है आपको कुछ महसूस हो रहा है भाई नहीं। नहीं। तो भाई तो, तो नहीं कैसे यार लेकिन लोकेशन डेंजर है एरिया है ना तो आगे तक जंगल है लास्ट में वो गांव के लाइट दिख रही है दूर पास में हाईवे है उस बीच में वो लोग हुआ करते थे यहाँ पे तो ये जंगल है, इस साइड भी जंगल है इस साइड भी जंगल है हो सकता है जो भाई ने बताया था कि जंगली जानवर के जंगली जानवर के आंबले तो उनकी भेंट हो गई उसके बाद उन दोनों की मौत हो गई वो दोनों आज भी यहाँ पर जुआ खेलते हुए दिखते हैं लोगों को तो हाईवे पास में दोस्तों तो मतलब नहीं यहाँ से यहाँ तक का ये जो इलाका उसका एरिया वही है दोस्तों हाईवे पास में है ना तो डिस्टर्बेंस होगा आवाज ध्यान तो यहाँ से छोटी छोटी आवाज हम भी नोटिस नहीं कर सकते यार एकदम दिखा देना पूरा जूम करके पूरा जंगली इलाका है ठीक है कैमरे में कैमरे तो में गुण से गुण से हो तो सकता है कि अभी रोड है कोई जानवर भी हो सकता है जंगली जानवर भी हो सकता है देखो दोस्तों वीडियो पूरा तो लॉन्ग तो बना नहीं सकते हम थोड़ी तो देर कट करते हैं रुकते हैं आधा घंटा यहाँ पे फिर वापस शूट करते अगर कुछ दिखता है तो कैमरा चालू करेंगे हम लोग नहीं तो हम ऐसे ही निकल लेंगे क्योंकि अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे ठीक है तो कैमरे को बंद करते हैं इमरान भाई थोड़ी देर बाद चालू करते हैं देखते हैं कुछ दिखता है या नहीं दिखता है पेड़ का पूरा लोकेशन दिखा लो चारों ओर का लोकेशन भाई पूरा साइड का पेड़ जंगल का लोकेशन दिखा जमकर ना गल है लेकिन ये जल्दी जान और का भरोसा नहीं पूरा है। ले लिया ले लिया घंटे पौने घंटे के आस हो गया है और अभी तक हम लोग यही घूम रहे थे कुछ दिखा बिखा नहीं है हम लोगों को न कुछ महसूस हुआ है चलते तो रुकने का कोई मतलब नहीं है समथिंग समथिंग साढ़े बारह के आसपास हो गए एक घंटे के आसपास पास हो गए मैं आया हुए चलते हमारा पे करते हैं बैकअप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नीचे इंस्टाग्राम के लिंक आ रहे हो फॉलो कर लेना और आपके पास अगर कोई लोकेशन है तुम्हारे को स्टाफ में मैसेज करके बता सकते हो ठीक है जय हिंद जय जाए भारत गुड नाइट